लोग हमेशा कहते हैं टाइम इज मनी गलत ऐसा नहीं है आप खोया हुआ पैसा आसानी से कमा सकते हो लेकिन खोया हुआ वक्त कैसे वापस कमाओगे अगर रियलिटी की बात करूँ ना तो टाइम की कीमत पैसे से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हम में से काफ़ी सारे लोग टाइम की कीमत तब तक नहीं समझते जब तक काफ़ी देर ना हो गई हो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं और आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल चुका होगा कि हाउ इम्पोर्टेंट आवर टाइम इज़ शुरू कर दें नंबर फर्स्ट कैलकुलेट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ़ योर टाइम सपोज़ करो कि आप महीने के पच्चीस हज़ार रुपये कमा रहे हो और एक दिन में चार घंटे काम कर रहे हो तो दिन में आपने कमाया आठ सौ रुपये तो एक घंटे की कीमत हुई दो सौ रुपये अब अगर आप दिन के पाँच घंटे सोशल मीडिया और मूवी देखने में लगा देते हो तो आपने अपने एक मूवी देखने में लगा दिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं मान लो कि आप अमेज़ोन पर शॉपिंग कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि मुझे सस्ता वाला चाहिए उस टाइम पर आपके सामने दो चोस थी एक सोलह और एक सत्रह आपने 1600 वाली चीज़ को पाने के लिए अपना एक घंटा वेस्ट कर दिया और आपके एक घंटे की कीमत थी दो सौ यानी कि आपने 1600 की चीज़ 1800 में पाई आपके पास दूसरा ऑप्शन यह था कि आप 1700 में भी खरीद सकते थे जहां पर आपके सौ रुपये बचते एक और एक्जाम्पल समझते हैं मान लो कि आप Netflix पर मूवी देखने के बजाय किसी इलीगल साइट पर कॉन्टेंट जाकर फ्री में देख रहे हो अब आपको तो लग रहा है कि मूवी फ्री है लेकिन ऐसा नहीं है मान लो कि आपको मूवी डाउनलोड करने में आधा घंटा लग रहा है ढाई घंटे की मूवी है अब आपको पूरे तीन घंटे लगेंगे उस मूवी को देखने में एक घंटे की कीमत आपके दो सौ रुपये है आपको पूरे छः सौ लगे उस मूवी को ख़त्म करने में अब मेरा ये भी मतलब नहीं है ऐसा बोल के कि अब आप पूरे दिन काम ही करो बल्कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इन चीज़ों को कैसे सोचना है नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आप सोचो कि अगर मुझे इस काम को करने के लिए पैसे देने होते तो क्या मैं करता एग्ज़ाम्पल सपोज़ करो कि आप तीन घंटे डेली इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो आप ख़ुद से पूछो कि अगर मुझे तीन घंटे इंस्टाग्राम यूज़ करने के छः देने होते तो क्या मैं फिर भी यूज़ करता अगर जवाब में ना मिले ना दोस्त तो बस समझ जाओ कि यहीं आपको उस चीज़ को स्टॉप कर देना चाहिए अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क जो कि आपके टाइम को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है देखो चार तरह के काम होते हैं पहला अर्जेंट भी और इम्पोर्टेंट भी इन्हें करने में आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलते हैं इन्हें सबसे पहले करो नंबर टू जो कि अर्जेंट तो नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है ये वो काम है जिन्हें करने से आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट तो मिलेंगे लेकिन इनको अभी करने की कोई डेडलाइन सेट नहीं है जैसे कि बुक्स पढ़ना स्किल सीखना एक्सरसाइज करना नंबर थ्री जो कि अर्जेंट भी नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है ऐसे कामों का तब करो जब आपके पास करने के लिए कुछ भी ना हो जैसे कि मूवी देखना गेम खेलना ये ऐसे काम है जो कि ना ही अर्जेंट और ना ही इंपॉर्टेंट है नंबर फोर जो काम अर्जेंट तो है बट इंपॉर्टेंट नहीं है इन्हें बिल्कुल अभी के अभी करो और इन्हें कर दो डेलीगेट इनको जो काम अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है उनको आप दूसरे से करो इसी को डेलीगेशन बोलते हैं अब तीसरी स्ट्रेटेजी काम करती है कि हाउ टू डेलीगेट इफेक्टिवली इसके लिए सबसे पहले आप पता करो कि आपकी एक घंटे की क्या कीमत है मान लो कि महीने के पच्चीस हजार रुपये कमा रहे थे पहले मैंने देखा था इसके बारे में वर्किंग डेज आपके 20 डेज थे फोर आवर आप काम करते थे एक आवर की 200 रुपए आपकी कीमत थी अब सोचो कि आप डिसाइड कर पा रहे हो कि मैं खाना बनाऊँ या बाहर से मंगाऊँ तो इसके लिए आप पता करो कि अगर आप खाना बनाते हो तो उसके लिए आपको कितने घंटे लगेंगे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको खाना बनाने के पूरे प्रोसेस में पाँच घंटे लगते हैं सो अब आपके एक घंटे के बाद दो सौ रुपए यानी कि आपको पूरा खाना खाने तक एक लगेगा अब आप सोचो कि अगर आप खाने को एक से कम में मंगा सको और खा सको तो आप ये काम डेलीगेट कर सकते हो अच्छा हमको सिखा दिया है आपको अपना रूम पेंट करना है तो इसके लिए आपको लगभग तीन घंटे तो लगे सकते हैं यानी कि आपको छः सौ का टाइम वेस्ट हो रहा है कमरे को पेंट करने में अगर आप इस काम को चार सौ दे करके किसी और से करवा सको यानी कि आप इसको डेलीगेट कर सकते हो किसी और से करवा सकते हो ये आपका टाइम का एक बेस्ट यूज़ होगा आपको हर दिन में छियासी हज़ार मिलते हैं अगर आप इन एक एक सेकेंड को पैसे की तरह ट्रेड करना शुरू कर दो तब आपको टाइम की वैल्यू समझ में आ जाएगी एग्जाम्पल देखते हैं मान लो कि आपका दोस्त आपको कॉल कर रहा है और आपको पता है कि आपको अगर उससे बात करनी है तो आपको एक घंटा देना ही देना पड़ेगा तो अब आप खुद से पूछो कि मुझे इस दोस्त से बात करने की अगर दो सौ रुपये देने होते तो क्या मैं फिर भी इससे बात करता अगर जवाब में ना मिले तो समझ जाओ कि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है अब दोस्तों बारी आपकी है अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि अब आप किन कामों को अपना मैगजिमम टाइम दोगे अगर समझ नहीं आ रहा कमेंट क्या करूँ तो कमेंट में येस लिख देना मैं समझ जाऊंगा क्योंकि जब आप कमेंट करते हो ना उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी और हेल्पफुल वीडियो लाने के लिए और अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना कुकू एफ़एम ऐप डाउनलोड नहीं करा आपने अभी तक क्या बात कर रहे हो वापस दस हजार से भी ज्यादा ऑडियो बुक की साम्री अवेलेबल है भाई जिसे सुनकर आप अपनी नॉलेज को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हो सो अभी जाओ कुको एफ डाउनलोड करो और अगर आप मेरा कोपन कोड यूज़ करते हो ये वाला जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इससे आपको फिफ्टी ऑफ मिलेगा सो यूज़ करेगा जरूर कोको एफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप अगर कम्युनिकेशन के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो लेफ्ट साइड क्लिक करो मोटिवेशनल स्टोरी सुनना चाहते हो तो राइट साइड क्लिक करो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए खुशियां बाटते रहिए एंड आई लव यू ऑल